फ्रेंड मैं सचिन मेरे चैनल एसके आर टेकवर्ड में आपका बहुत स्वागत है फ्रेंड इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में हिंदी में टाइपिंग कैसे करें फ्रेंड अक्सर आपको जब भी हिंदी में टाइपिंग करनी होती है तो आप कुछ इंस्टॉल करते हैं तो फ्रेंड बिना इंस्टॉल किए आप अपने लैपटॉप में हिंदी में टाइपिंग कैसे करें फ्रेंड वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक करना कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट जरूर करना फ्रेंड चलिए देखते हैं तो इसके लिए फ्रेंड आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की सेटिंग में जाएंगे यहाँ टाइम एंड लैंग्वेज पे जाएंगे यहाँ लैंग्वेज पे जाएंगे यहाँ फ्रेंड पहले आप प्रीफर लैंग्वेज में चेक करेंगे आपके में कौन कौन सी लैंग्वेज हैं यहाँ इंग्लिस और हिंदी यहाँ आ रही हैं ठीक है अगर आपके में यहाँ हिंदी नहीं आ रही तो आप एड ए लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे या हिंदी टाइप करेंगे और आपको हिंदी को नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है मेरे में ऑलरेडी यहाँ हिंदी आ रही है तो ये नेक्स्ट ऑप्शन डिसेबल आ रहा है इस हिंदी लैंग्वेज को इंस्टॉल करने के बाद आप हिंदी पे जाएंगे यहाँ ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ एडे कीबोर्ड पे जाएंगे यहाँ फ्रेंड आपको हिंदी फोन करना है इसको सेलेक्ट करने के बाद आप इसको क्लोज कर देंगे अभी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे अभी फ्रेंड जैसे यहाँ इंग्लिश में आ रहा है अभी आप क्या करेंगे नीचे की तरफ आएंगे यहाँ इंग्लिश सो रहा है इस पर जाएंगे यहाँ फ्रेंड आपको हिंदी फोनेटिक, जो आपने वहाँ से किया था उसी को सिलेक्ट करना है अभी आप कुछ भी लिखेंगे तो इस तरीके से ये आप हिंदी में लिख पाएंगे अभी फ्रेंड आपको इंग्लिश में ही करना है तो आप यहां जाएंगे यहां से आप इंग्लिश इंडिया या इंग्लिश यूएस जो भी आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट करेंगे तो अभी आपका ये इंग्लिश में आने लगेगा